नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको दोस्तों घोड़े की नाल मासिक बुक रहेगी पूरे मंथ की बुक डाल रहा हूँ एक साथ ठीक है डेट आगे पीछे हो सकती है तो वीडियो पर बने रहें सेटकिंग प्रकाशन की ये बुक है और पूरे मंथ की बुक आपको इसी वीडियो में मिलेगी ठीक है मार्केट देख लीजिए कल्याण और मेन तो स्टार्ट करते हैं ये तो दोस्तों इसकी कहानी है अब तक की सात तारीख से स्टार्ट थी सात आठ नौ ठीक है आज गया है टोटल बोल्ट ठीक है वीकली साप्ताहिक जोड़ी है चालीस चार पैनल है साप्ताहिक कल ठीक है ये बन से वन सेवन नाइन के साथ इसमें जोड़ी दी थी सोमवार में जो कि मंगल आई ठीक है जीरो मंगलवार में थी जो कि बुध आई तो एक दिन आगे पीछे हो सकती है बुक अपने हिसाब से देखना डेट के हिसाब से ये चल रहा है जो लिखा हुआ है ये जो है गए चार दिन का था जिनको पासिंग चेक करना है वो पासिंग चेक कर सकते हैं ठीक है रनिंग का ये है चार दिन का ठीक है तो गुरुवार यानि कल सिक्स है सिक्सटी वन की जोड़ी काफ़ी अच्छी जोड़ी दी हुई है और ठीक है सेवेंटी टू की जोड़ी भी बेस्ट है तो ये दिन गुरुवार है दस तारीख ग्यारह तारीख दिन फ्राइडे शुक्रवार एक दो पाँच की लाइन है ठीक है शनिवार में फाइव एट जीरो है जोड़ी एक अंक से तीन जोड़ी है छः पैनल है साप्ताहिक 14 तारीख वाले वीक सोमवार से शनिवार तक 94 की ब्रेकेट अगेन दी हुई है और 9 और 4 से बनने वाली जोड़ी भी दी हुई है चार चार पैनल हैं तो 10 से लेकर 14 तारीख तक ठीक है नेक्स्ट पेज है इसका दिन फ्राइडे जिसमें 4 5 6 की लाइन है अठारह तारीख 19 तारीख में आपका दिया है दो चार छः इक्कीस तारीख में टू सेवन इक्कीस तारीख वाले वीक में टू सेवन दिया है और से बनने वाली चार जोड़ी दी है ठीक है मंडे को चैलेंज इक्कीस तारीख में एक दो तीन की ओटीसी लाइन है बाईस तारीख मंगलवार जिसमें एक तीन नौ की लाइन है तेईस तारीख जिसमें पाँच आठ जीरो की लाइन है ठीक है चौबीस तारीख जिसमें एक छः सात दिया हुआ है पच्चीस तारीख जिसमें दो पाँच आठ दिया है बुके काफ़ी हैं दोस्तों पच्चीस तीस बुक है मेरे पास मैं सब डालने वाला हूँ बस उसके लिए चैनल को लाइक वीडियो को शेयर करते जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी बुकें हैं जबकि आता कुछ नहीं फ्री आप भी जानते हैं फिर भी मेरे पास जो है अवेलेबल मैं सब डाल रहा हूँ ठीक है मुझे व्यू चाहिए फिलहाल छब्बीस तारीख शनिवार में फाइव सेवन एट अट्ठाईस तारे वाले वीक में थ्री फोर जीरो है उनतीस जिसमें एक तीन जीरो है ठीक है बुधवार फाइव एट नाइन की लाइन है इसी के साथ ये जो बुक है दोस्तों चौदह तारीख वाले वीक के जो पेज मिस थे वो यहाँ हैं चौदह तारीख दो तीन छः है पंद्रह तारीख में तीन पाँच आठ है ये अगले वीक का रहेगा ठीक है दो बुधवार में है सोलह तारीख सत्रह तारीख में एक चार छः है लास्ट पेज है आपका इकतीस तारीख जिसमें एक तीन जीरो है तो बेस्ट ऑफ लक बुक ख़त्म होती है डेट आप मिला लेना थैंक यू